आईपीएल शुरू होने के बाद मानो सट्टेबाजी का दौर चल रहा है पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सटोरियों के ठिकाने पर छापेमारी की और मैच में हार हारीत का दांव लगवा रहे चार आरोपियों को धर दबोचा कटनी पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट पर सट्टा लगाते चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दरअसल पुलिस को मुखबरों ऐसी ऑनलाइन सट्टा खेले जाने की सूचना मिली जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपियों के ठिकाने आरोप छापेमारी करते हुए उन्हें धर दबोचा चारों आरोपियों के पास से लाखों रुपए का लेखा जोखा नगदी और सामान बरामद हुआ है वहीं पुलिस की पूछताछ में चारों आरोपियों ने इस खेल के लिए लखेरा निवासी शरद दुबे का नाम उजागर किया है जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है दिनांक तीस चार तेईस को सूचना प्राप्त हुई की जयंती नगर में घर में कुछ लोग आई पी एल का ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ए महोदय द्वारा युवा सट्टा की कार्रवाई में प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे चौकी प्रभारी द्वारा थानापारी माधवनगर मुझे एवं महोदय को सूचित करते हुए अपने स्टाफ के साथ जयंती नगर जाकर रखू मुंडा के घर में रेड किया वहां पर चार लोग को वहाँ पे ने दफ्तर उनके पास से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के उपकरण लैपटॉप दो लैपटॉप पांच मोबाइल उनके चार्जर वग़ैरह और इलेक्ट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सॉकेट पेन नगद राशि इक्कीस हज़ार एक कुल करीब डेढ़ लाख रुपए का ये सामान जो है इनके द्वारा जब्त किया गया